समझ का क्या है आप फरमाने लगे अखरोट जिस्म की से तोड़ रहा हूं लकारेगा आज भी अगर दीन का दुश्मन ललकारेगा अली का जज्बा है जिहाद आज भी बड़ा जवान है ईमानी आज भी बड़ी दीन के साथ वफा का रिश्ता आज भी बड़ा मेरा जवान है बता को खै पर तोड़ना हैजा तो। हर जगहानी हजरत में नाजरीन ना, को भाई, भाई, भाई तो करके खड़े ने क्या सोच मुझे भी तो किसी का भाई बनाए ना तो दुनिया में भी मेरा भाई है आखिरत में भी मेरा भाई है इमाम ने लिखी है एक बात बड़ी बड़ी अजीब बात लिखी इमाम राजी कहते हैं जमीन पे नबी पाक ने हजरत अली को भाई बनाया था तो आसमानों पर जबरीले हजरत रब करीम ने पूछा क्यों भाई बन गए महबूब का जलवा देख के बन गए नबी पाक हिजरत करके आए ना एक कोजूर ने साथ ले लिया अमीर मजरत अबू बकर सिद्धी अबू बकर पहला नंबर पहला नंबर किसका है दूसरा तीसरा चौथा सबक बच्चों को याद कराएं। अब हमारे लोग मसले भी कवालों से पूछने लग गए अबू बकर ले लिया शेर खुदा को बिस्तर पर सुनाया रस्ते में भी बड़ा खतरा था पर बिस्तर पे उससे ज्यादा खतरा था इसलिए जब चादर में लिपटा हुआ कोई शख्स है तो किसी को क्या पता कौन है अगर आके वो पर्दा ना हटाते ऐसे ही कत्ल कर देते तो क्या पुरसान हाल होता कुछ भी ना होता इमाम राजी कहते हैं रब करीम ने फरमाया हम भी भाई भाई बन बताओ, तुम में से कोई एक दूसरे पे जानबान करेगा करेगा जान फरिश्तेमोश हो गए तो जलवे तो देखो अली मेरे रसूल पे जान कुर्बान कर रहा है जाओ देखो ना जाके जलवे तुम तो भाई भाई बने थे तो फरिश्ते लगे मौला हमारी ड्यूटी क्या है फरमाया अब तुम्हारी ड्यूटी है कि तुम जाओ जमीन पे दो तलवार ले लो और अली की चारपाई के ऊपर खड़े खड़े खड़े हो हो हो जाओ जाओ जाओ उसने मेरे मुस्तफा पे जान जान कुर्बान की की है उसकी करो चारेफा पेफ़ाजत मौला अली हर मैदान में, में अफल हर जंग में पैल अस्कुन अस्कुन औला मुक्रबू अल्लाह फरमाता सबकत लेने वाले सबकत ले गए आगे गुजरने वाले आगे गुजर गए और यही लोग हैं जिन्हें रब का कुर्ब नसीब हुआ हजरत ने मकान नहीं बनाया सारी जिंदगी मकान नहीं बनाया कोई कारोबार नहीं किया सारी अब इस पहलू पे भी जरा गौर करें हजरत अली उन्होंने कोई बैंक बैलेंस नहीं बनाया सियाब कराम वाली मुरद्वान फरमाते बड़े बड़े रिश्ते आए सैयदा फातमा के लिए बड़े बड़े अमीर कबीर लोगों हुजूर ने फरमाया मैं रब के फैसले का इंतजार कर रहा एक दिन तीनों यार इन लोगों का खुलूस देखे मौला अली के साथ हजरत अबू बकर हजरत उमर हजरत उस्मान हजरत अली एक यूदी के बाग में मजदूरी कर रहे थे तो वहां गए और जाके कहा अली तू हजूर से सज्जदा फातिमा का रिश्ता क्यों नहीं तलब करता तो हजरत अली कहने लगे भाईयों ना मकान है ना घर है ना कुछ है रिश्ता कैसे मांग लो का तू जा तो सही हमें तो लगता है रसूले पाक तेरा इंतजार कर रहे हैं मौला अली शेर खुदा कहते मैं गया मैं गया मैं और जब मैं हजूर की बारगाह में गया तो इन्होंने मुझे तैयार थे ना तैयार करके भेजा मुझे लफ्ज़ भी सिखाए क्या कहने लेकिन जब मैं वहां पहुंचा ना तो मेरे अंदर ताकत ही खत्म हो गई बोलने की सलाम लेके तो तुजूर के पास बैठ गया ने तो खमोश फिर पूछा कैसे आयो मैं खामोश फिर पूछा कैसे आयो मैं खामोश कहते दिलों का हाल जानने वाले रसूल ने फरमाया पाक मुस्कुरा दिए फरमायाली उन्होंने नहीं तुझे भेजा रब करीब ने फातिमा का तेरे साथ निकाह कर दिया है तेरे लिए फैसला हो गया है फातिमा का तेरे हक में फैसला हो गया हजरत अली सैदा फातिमा को ब्याह के ले गए तो हजरत जैदी आरसा के मकान में कोई मकान नहीं ओ भाई तू दौलत देख के बेटी की शादी करता है सरमाया देख के फिर दुआ कराता है दुआ करें अल्लाह मेरे दामाद को हिदायत दे दे मेरे रसूल ने बेटी की शादी की तकवा देजगारी दे, दे दीनदारी दे उस शख्स को बेटी दी जो साबिकुन साबिकुन के दर्जे में शामिल जो इन बरिया के दर्जे में शामिल उनको अपनी बेटी दी हजरत को मैं ब्याह लाया, सारे घर के काम फातमा ने किए मैं मजदूरी करता दो घंटा या डेढ़ घंटा जोर से असर के दरम्यान काम करते दो किलो खजूरे मिली तो मौला अली ने उठा के अपनी कमर पे रखी बाघ का मालिक लगा अली थोड़ा काम और कर लो फरमा दो किलो हो गई बड़ी है एक किलो मेरे बच्चे खाएंगे एक किलो मदीने के गरीब बच्चे खाएंगे तो काली कल क्या करोगे जो ना गरीब से मशूरों वाले भी बड़ी खराबी करते हैं इल्ला माशाला काली जायज पैसे तो कट्ठे कर लेने चाहिए क्या अर्ज है जायज कट्ठे कर ले तो शेर खुदा ने एक जुमला का पर शेरों जैसा कह दिया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 कौन सी बात फरमाने लगे मैं कुफे के बाजार से गुजर रहा था तो मौला अली खुदा कुफे के चौक में मौलाई थी और में भी उनके पास थी जीरा पकड़ी हजरत अली ने और शेर खुदा कह रहे हो भाइयों मेरी जीरा खरीद लो मेरी जिला अमीर उलमिन है उस वक्त अमीर वक्त है बादशाह कुफे के बाजार में ओ भाई मेरी जरा खरीद लो ये बड़ी नस्बत वाली है बदर उहद हुनैन में मेरे साथ रही और शेर खुदा फरमाते क्या है फरमाते जब अली ने यह लफ्ज कहे तो मेरी चीखे निकल गई हजरत अली फरमाने लगे अगर मेरे पास नया तमत खरीदने के पैसे होते तो मैं इसे कभी ना बेचता नयाद खरीदने के पैसे होते तो मैं कभी ना बेचता हजरत अली रदी अल्लाह तुने वो जिंदगी गुजारी बा पड़दा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 तो रब करीम ने फरमाया मुझे पता है तू लेके जाएगा पर पहनेगा नहीं किसी ना किसी, किसी गुलाम को दे देगा का मौला वो तो फिर तेरा फजल है तो रब करीम ने फरमाया महबूब उसे देना जो मेरे राज तक पहुंच जाए उसको, उसको देना जो मेरे राज तक पहुंचे हजूर पहुंच। जुब्बा लेके आए अला बिहारी लिखते हैं नबी पाक सलम ने रुतबू तो बकर सिद्दीक को बुलाया फरमाया जुब्बा बड़ी बरकत वाला है इसे पहनकर बड़ी बरकत मिलेगी अगर दे तुझे दे दू तो क्या करेगा तो हजरत अब सच फैला दूंगा नहीं तो अल्लाह के राज तक नहीं पहुंचा हजरत उमर को बुलाया का फारूक आजम अगर आपको दे दूं तो का हजूर अदल से भर दूंगा सारी कायनात फरमाया बात तेरी ठीक है पर राजे इलाई तक नहीं पहुंचा उमान अगर तुम्हें दू तो तो अल्लाह त दी हुई ताकत से हजूर ने फरमाया बात तेरी बड़ी खूब है पर तू मुराद तक तो नहीं पहुँचा मेरे रसूल ने मौला अली को बुलाया पास बिठाया फरमायाली अगर ये जुब्बा तुझे दू तो क्या करेगा हजरत अली ने आंख खोल के चेहरा देखा अर्ज करने लगे महबूबा अगर मुझे मिल गया तो मैं अल्लाह की मखलूक की पर्दा पोशी करूँगा पर इस जुब्बे की बरकत से हजूर की आंखों में आंसू आए पर मैं तू रब के राज तक पहुंचाया जुब्बा तेरा ही बनता है तू पहुंचा है अल्लाह के राज तक मेरे हबीब करीम सैयद आलम सल्लाम की खिदमत में कुछ लोग आए अली ने की है हम पर शेर खुदा ने सख्ती की है बाद में लफ्ज कहे तो नबी पार नाराज हो गए फरमा तुम्हें पता है अली कौन है हजूर कौन है फरमायाली यू मिनी वाना मिनला अली अली मुझ से है मैं अली में से हूँ अली मुझ से है और मैं अली में से हूं तुम्हें उसका पता है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 तो मौला अली शेर खुदा कहने लगे अबू तो बकर रस्ते क्यों हो कामत की टिकटे तकसीम करेगा तबू बकर कहने लगे पूरी बात क्या है फरमाने लगे मुझे नबी पाक ने कहा था अली जन्नत की टिकट उसको देना जबू बकर से मोहब्बत करेगा उसको टिकट देनी है जबू बकर सिद्दीक से मोहब्बत करे उसको टिकट देना जन्नत की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 और फिर हजरत अली रदी अल्लाह मुहाफिज रहे हजरतानी और सुनो एक अजीब बात लिखी है बुजुर्गो ने लो लो लो लो लो। कहते हैं। में एक जंग में ऐसा भी हुआ कि कपड़ा नहीं मिलता था झंडा बनाने के लिए तो हजरत आशा की एक पुरानी चादर थी उसका झंडा बनाया गया तो झंडा सबसे पहले मौला अली शेर खुदा ने उठाया हजरत आयशा सिद्दीका के साथ प्यार मौलाली शेर खुदा रदी अल्लाह यहाँ तो लोग न जाने इसलिए कौन सी खिदमत कर रहे अगर हजूर के करीब रहने वाले पास बैठने वालों में आपस इतना इतफाक नहीं था तो आज मुसलमानों में कैसे पैदा होगा तुमने तो दिन का सारा रंग ही गदला करके रख दिया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 पूछा अली आपको क्या पसंद है तो हजरत अली कहने लगे तीन चीजें पसंद हैं। है कौन कौन सी फरमाए कि मेरा दिल करता है कि रोजा गर्मी का हो हजूर फरमाते हैं तुम्हें पता चल जाए रमजान में बरकत क्या है तो तुमको सारा साल ही रोजे होने चाहिए ये इतनी फजीलत की बात हजरत अली शेर खुदा कहते हैं मुझे गर्मियों का रोजा पसंद है और फिर हजरत अली शेर खुदा फरमाते मुझे पसंद यह है कि मैं अकेला खाना ना खाऊँ जब भी खाऊ मेरे साथ कोई मेहमान बैठा हो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 कामयाब होजरत अली की दाढ़ी सारी लहू से भर गई हजरत शेर खुदा फरमाया करते थे एक दफा मैं बड़ा बीमार हुआ मेरे से उठ के खड़ा नहीं हुआ जाता था हजूर तीमारदारी करने आए तो मैंने कहा यारसोल्ला पता नहीं बचूंगा कि नहीं हजूर ने फरमायाली नहीं तो उस वक्त दुनिया से जाएगा जब तेरी दाढ़ी लहू से रंगीन हो जाएगी शेर खुदा कहते हैं जब जख्म लगा तो मैंने नीचे झुकाकर देखा तो दाढ़ी लहू से भरी हुई है मैंने कहा बस वही कामयाब हो गया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 जिंदगी दीन के नाम करके वो शेर रुख्सत हुए इक्कीस रमजान मबारक की शाम ढली तो हजरत अलीतदा शेर खुदा रुखसत हुए सयाबकते मदीने में कोहराम मचा बगदाद की गलियाँ सुनी हुई कोफे के लोग तड़पे मक्के में भी लोगों ने दुआएं मांगी वो सूरज इस अंदाज में दुनिया से गया कि उसकी रोशनी क्यामत तक बाकी रहेगी उसका उजाला कयामत तक चमकता रहेगा हजरत अली का नाम आज खुदारी की अलामत है हजरत अली का नाम ईमान की अलामत है मौला अली के नाम का नारा लगता है तो सीनों में खून दौड़ता है ताकतें बेदार होती है रूहें बेदार होती है हजरत अली कसरत से नमाज पढ़ते कसरत से रोजे रखते कसरत से इबादत करते ज तो इतना महबूब था हर साल हज करने जाते हर साल हज करते हजरत मौलानी शेर खुदा रजियाल्ला तु का आलम यह था कि बावजूद गुरबत के बावजूद गरीबी के घर में कोई शे और यह जानबूझ के गुरबत इख्तियार की थी वरना तो मालिक थे कौन है बावजूद फकर इख्तियारी के हजरत अली रजियाल्ला तु के दरवाजे से खाली कोई नहीं जाता था एक साइल मस्जिद में मांगने आ गया मस्जिद में मांगने आ गया तो हजरत अली नमाज पढ़ रहे थे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 हजरत अग्रत अली तो भी नमाज में थे नमाज में ही तो रम के बंदों का ख्याल आ गया की हदीस मैंने सुनाई थी ना नबी फरमाते हैं। मैं अल्लाह की नमाज पढ़ रहा होता हूँ पर बूढ़े का ख्याल आता है तो नमाज छोटी कर देता हूँ बीमार का ख्याल आता है तो छोटी हजरत अली कहते हैं मस्जिद में आके पुकारा तो मैंने सलाम भी फेरने का इंतजार नहीं किया मेरे पास चांदी की इंगूठी थी मैंने फौरन उतारी और नमाज के दौरान ही मैंने उसकी जानब फेंक दी फरमाते उस साइल ने जाके हजूर को बताया हजूर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 पूरी दुनिया हज़रत अली का फिर अल्लाह ने फाहम दिया बसीरत दी हज़रत अली को अल्लाह ने इल्म दिया, बहुत बड़े आलिम थे हजरत अली बहुत बड़े हज़रत सैन फ़ारूक रदी अल्लाह तु फरमाते अगर हमारे दरम्याण नलीना होते हम हलाक हो जाए जहाँ कोई मसला बनता शेर खुदा उस मसले को हल करते बल्कि हज़ूर ने फरमाया मैं इम का शर हूँ अली उसका दरवाज़ा है हजरत जबरी अमीन अलीसलाम आए इंसानी शक्ल में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 एक कह दोनों में से तो हजरत जबरील कहने लगी अली सच का है मुस्तफ़ा ने तू वाक इलम का दरवाजा है तू तो अली है अलील तो मैं ही, हूं। मैं ही हूं ये उनके इल्म की ये उनकी और की ये और ये कहा ये जो, ये जो फाम वरासत है ना मेरे भाई ये किताबे पढ़ने से ज्यादा नहीं आती किताबे रहनुमाई कर फामसत परहेजगारी आती है अल्लाह फरमाते फुरखान